हेलो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं हमारे कुछ मजेदार इंडियन लॉ के बारे में यहाँ तो मकर संक्रांति के 10 दिन पहले से ही लोग पतंग उड़ाना चालू कर देते हैं लेकिन आपको क्या पता है इंडियन लॉ के द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार बिना पुलिस की परमिशन लिए गुब्बारे या पतंग उड़ाना गैर कानूनी है दूसरा इंडियन साइरस एक्ट एटीन के अनुसार आप किसी भी होटल में फ्री में पानी और बाथरूम यूज करने के लिए पूछ सकते हैं चाहे वह होटल सेवन स्टार ही क्यूँ ना हो क्या आपने कभी पूछा है अगर पूछा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा तीसरा केरल तीसरा बैचा पैदा करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगता है चौथा इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 309 के अनुसार आत्महत्या करना कानूनी है लेकिन बच जाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है ऐसे ही मजेदार फैक्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए